नशा करके अपनी जिंदगी खराब करेगा आखिरी बार मेरी सच्ची मोहब्बत से मिलना चाहता हूँ यार मैं। अबे अब तो उसकी शादी हो चुकी है क्या करेगा तू तो उससे मिलके? उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ यार आखिरी बार मेरे कान तरस रहे है उसकी आवाज़ सुनने के लिए अबे तुझे तेरी मोहब्बत की आखिरी बार आवाज़ सुनिए ना मैं मिलवाऊंगा तुझे तेरी मोहब्बत ऐसी अब सच्ची मोहब्बत नहीं है तेरे पास सच्चा दोस्त जरूर है तेरे पास चले चल देख भाई इसी मोहल्ले में रहती है तेरी मोहब्बत देख वो भैया खड़े उनसे तेरी सच्ची मोहब्बत के हस्बैंड का फोटो दिखाकर तेरी मोहब्बत का पता पूछते ले चल अरे भैया इस लड़के को जानते हो क्या हाँ ये नीला वाला इसी का है भैया वैसे ये लड़का करता क्या है क्या सरकारी नौकरी है इसकी ये बाजू वाली स्कूल में चपड़ा सी है ठीक है भैया भाई लगता है तेरी मोहब्बत घर के बाहर आ रही जान से मार दूंगा मैं सुना सुना